आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना YouTube चैनल का कॉपीराइट चेक कर सकते हो आपकी वीडियोस पे कॉपीराइट है या नहीं वो कैसे चेक कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए सो सोहे गाइस मेरा नाम है संजय और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल संजय टेक पर तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो है। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में रह बेलाइन में प्रेस कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही नए नए टेक्नोलॉजी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सोहेगा इस मैं आगे मोबाइल स्क्रीन पर और चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना कॉपी क्लेम चेक कर सकते हो अपने यूट्यूब वीडियोज़ का तो चलिए उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ऑन करना है आप यहाँ पर देख, देख सकते हो क्रोम ब्राउज़र आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है उसके बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो सर्च आप चाहे तो यहाँ से सर्च कर सकते हो नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से YouTube ओपन कर सकते हो तो चलिए मैं आपको सर्च करके बताता हूँ आप यहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है यूट्यूब आपको सिम्पली इस पर क्लिक करना है उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो आपका YouTube चैनल का लोगो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने और बाद गाइस आप यहां पर देख सकते हो थ्री लाइन आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो ड स्टॉप आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है उसके बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो आपका यूट्यूब का लोगो आपको सिम्पल उस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो योर चैनल आपको सिंपली योर चैनल पर क्लिक करना है उसके बाद गैस आप यहां पर देख सकते हो चैनल कस्टमाइज आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है उसके बाद गैस आप यहां पर देख सकते हो ये बताइरो सिम्पली इस पर क्लिक करना है तो उस पर क्लिक करने के बाद गैस कुछ इस तरह का इंटर आएगा और हमारे चैनल का सही वीडियोस आ जाएगा तो उसके बाद गैस आप इसको जूम कर लेंगे इसे करके कुछ इस तरह और उसके बाद गैस आप यहाँ पर देख सकते हो ये थ्री लाइन आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपीराइट क्लेम आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने बाद गाइस तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे चैनल पे ऐसा कोई भी वीडियोस नहीं है जो कि कॉपीराइट है तो आप ऐसे ही करके अपने YouTube चैनल का वीडियोज़ का कॉपी चेक कर सकते हो तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।